गृहमंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि पता नहीं किस तरह की भारत जोड़ो यात्रा में वे निकले हैं राहुल गांधी ने हिंदू और हिंदुत्व को राजस्थान में परिभाषित करने की कोशिश की थी कांग्रेस नेताओं को गीता में जिहाद हिंदू संगठनों में आतंकवादी और हिंदू शब्द गंदा लगता है राहुल गांधी स्पष्ट करें कि वो किस हिंदुत्व की तरफ है इस मौके पर मिश्रा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिल्ली सीएम केजरीवाल पर भी निशाना साधा गृहमंत्री डॉक्टर नौता मिश्रा ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर निशाना साधते तो हुए कहा कि राहुल गांधी ने हिंदुत्व को राजस्थान में परिभाषित किया कांग्रेस नेता पाटिल को गीता में दिखाई दिया सलमान खुर्शीद ने हिंदू संगठनों की तुलना आतंकवादियों से कर दी कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष को हिंदू शब्द गंदा लगता है कांग्रेस के कर्नाटक से शुरू हुआ यह नाटक यहां तक पहुंच गया है राहुल गांधी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए राहुल खुद जब चुनाव आते हैं तब कोर्ट के ऊपर जनेऊ पह लेते हैं ब्राह्मण बन जाते हैं अब समय आ गया है कि कांग्रेस स्पष्ट करे कि वो किस हिंदुत्व की तरफ है भारत जोड़ने के साथ में जो बयानबाजी आ रही है शुरू की थी बयानबाजी हिंदू और हिंदुत्व को परभाषित करने की कोशिश की थी राजस्थान की रैली उसके बाद में उनके जो पाटिल जी थे उन्हें गीता में जिहाद दिखाई दिया सलमान खुर्शीद जी, जी जो थे उन्होंने आतंकी संगठन से इसकी तुलना कर दी अब लगातार जिस तरह से हिंदू शब्द से इन्हें चिढ़ है वही कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष जो जारकी होली जी हैं सतीश जारकी होली उनने कह दिया है कि हिंदुत्व तो शब्द गंदा है मेरी मान्यता है कि इसके लिए राहुल गांधी जी को माफी मांगना चाहिए नौतम मिशन ने आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले केजरीवाल बांधकर खांसते रहते थे अब उन्होंने बंद कर दिया है खांसना लेकिन अब पूरी दिल्ली खांस रही है कभी कभी शराब तो लगता है भाई पहले लोग उनसे कहते थे खांसते रहते हैं गुलूबंद बांधे रहते हैं उनने खांसना बंद कर दिया अब सारी दिल्ली खांस रही है नरोत्तम ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को पिछले चुनाव में भी कम वोट मिले थे उनकी सीटें ज्यादा थी लेकिन सरकार अन्य दलों से मिलकर बनी थी जो आगे टूट गई उन्होंने कहा कांग्रेसी बिजली के खंभों पर बगैर जानकारी के चढ़ जाते हैं कांग्रेसियों से अनुरोध है की वहाँ भी जान का खतरा रहता है थोड़ी चिंता करें कांग्रेस से मेरा प्रार्थना है जो सुरक्षा की मांग कर रहे हैं वो समझाइश की भी थोड़ी चिंता करें चलते हुए बिजली के तारों पे बिना जानकारी के चढ़ जाते हैं जान का खतरा वहां भी रहता है थोड़ी इसकी भी चिंता करें ऐसा न करें मिश्रा ने कहा बालाघाट हॉक फोर्स के जवानों को अवैध असलाह और नक्सली साहित्य बरामद करने के लिए बधाई अब तक तिरासी लाख रुपए के इनामी नक्सली या तो मार दिए गए है या आत्मसमर्पण कराए गए है बड़ी सफलता हमें मिली है और इसमें आपको पूर्व के भी मैं ध्यान में डालना चाहता हूं कि नक्सलियों की हमने गतिविधि मध्य प्रदेश में बढ़ने नहीं दी है अभी तक तेरासी लाख रुपए से ज़्यादा के नक्सली या तो मार दिए गए इनामी या सरेंडर उन्होंने कर दिया है ये एक नई सफलता है उसके लिए बधाई